और अगर आपको नहीं पता है कि आप लोग टाइपिंग कैसे करोगे मैं आपको थोड़ा सा टाइपिंग के बारे में भी बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा ऑनलाइन टाइपिंग ज़्यादा स्लो है मेरा क्रोम ब्राउज़र एज ए सिक्स रैम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है और आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं करना आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी आप लोग आ, किसी को भी ओपन कर सकते हो सभी बेस्ट हैं लेकिन जो मैं ओपन करने वाला हूँ वो है स्पीड typingonline.com मैंने इसको पहले से भी ओपन करके रखा हुआ था फिर आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने साइनअप करना है कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पर टाइपिंग करनी है तो हम लोग पहले स्विच करेंगे और ये हमारी टाइपिंग आ गई और अगर आप लोगों ने रीस्टार्ट करना है तो सिंपल यहाँ पर रिस्टार्ट करोगे और यहाँ पर आपकी डिटेल वग़ैरह आ जाएगी कि आपने कितने वर्ड टाइप किए एक मिनट के अंदर तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा और सिंपल से हम लोग अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करते हैं गलतियाँ है, बहुत निकल रही हैं लेकिन एक टॉपिक भी ओके तो यहाँ पर हम लोगों ने आलमोस्ट टाइपिंग कर लिया और एक मिनट के अंदर जो हमारी स्पीड निकली है वो है आलमोस्ट तरताली और हमारी 89 परसेंट है और इनकोक्ट वर्ल्ड वो ट्वेंटी थे फिक्स्ड जो हम लोगों ने मिस्टेक फिक्स की वो 22 है और टोटल इंटायर्स मतलब जो टोटल वर्ल्ड्स हम लोगों ने टाइप किए वो सैंतीस से हैं और टोटल जो अल्फाज बनते वो दो सौ इस तरह राह जो हमारी स्पीड है वो 44 निकली है और कहीं कहीं कहीं पर मेरी जो फ, आ, स्पीड है वो 51 तक भी गई है तो ये थे एक मेरी टाइपिंग स्पीड एक नॉर्मल टाइपिंग स्पीड के तरतालीस के आसपास मेरी नॉर्मल टाइपिंग स्पीड है आप लोग कह सकते हो और अगर मैं अपनी मिस्टेक ना लाइक मिस्टेक ना ठीक करूं तो मेरी आलमोस्ट स्पीड तीस के नीचे आ जाएगी तीस सताईस उनतीस या तीस पैंतीस आएगी अगर हम लोग गलतियों को ठीक करते हैं क्रेक्ट कर हैं तो जो हमारी स्पीड आएगी वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम आएगी ये एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि आप लोग किसी भी वेबसाइट के ऊपर आकर टाइपिंग सीख सकते हो और अब ज़रूरी नहीं है कि आप बस इसी तरह का लेआउट हो लाइक आप लोग स्विच कर सकते हो इसको इस की में अगर आपको ये लेआउट पसंद है तो आप लोग इस तरह कर सकते हो ऑनलाइन थैंक्स फ़ॉर वॉचिंग